आज हम आपको एक स्कूल के वीआईपी चपरासी से मिलाते हैं चपरासी ऐसा जो कार से आए और पूरे स्कूल पर हुक्म चलाए स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाले युवक ने स्कूल की सफाई के लिए दूसरे चपरासी को रख लिया है और अब स्कूल के हालात ऐसे हैं कि बच्चों को खुद क्लास की सफाई करनी पड़ती है लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है क्योंकि वी चपरासी खुद को अधिकारी का रिश्तेदार बताकर धौस दिखाता है यह मामला मैहर का है ये तस्वीरें मैहर के पोड़ी ग्राम के हाई स्कूल की है स्कूल में सरकारी नौकरी पर वीआईपी चपरासी के पद पर पदस्थ मदन अग्रवाल का अलग ही स्कूल में रुतबा है मदन अग्रवाल ने साफ सफाई के लिए स्कूल में अलग से एक सत्तर वर्षीय वृद्ध अरुण श्रीवास्तव को रख लिया है बताया जा रहा है कि वी चपरासी कार से आता है अच्छी खासी सरकार से तनख्वाह लेता है और ऑफिस में बैठकर हुक्म चलाता है मगर स्कूल की सफाई नहीं करता जिसके चलते स्कूल में चारों तरफ गंदगी फैल चुकी है स्कूल के बच्चों ने बताया कि उनकी क्लास में झाड़ू लगाने कोई नहीं आता उन्हें खुद ही झाड़ू लगाना पड़ती है स्कूल में टीचर बच्चों से झाड़ू लगवाते है। हैं झाड़ू झाड़ू ऐसी अच्छे से बटोरी झाड़ू कौन लगाता है कभी झाड़ू वाला नहीं आता कभी आ जाता है तो तो है है तो तो है, वो वो बाबा और दीवार से पूरा पानी छूटा अब ऐसा नहीं नहीं नहीं कि ये बात टीचर्स को पता बस किसी की की कुछ कहने हिम्मत होती इसलिए क्योंकि चपरासी खुद को अधिकारी का रिश्तेदार बताता है वो कहते हैं ना संया भयो कोतवाल तो डर का। चपरासी मदन अग्रवाल को लेकर स्कूल प्रबंधन भी मौन है जिसके चलते पूरा स्कूल चपरासी के कहने पर चलता है आप क्या क्या काम करते हो बताइए? यहाँ कितने साल से झाड़ू लगा रहे हो आपने? पांच पांच पांच साल आप किसके तरफ से रखा गया है क्या नाम है किसने आपको रखा है भाई तनखा कौन देता है मदन, मदन कौन है वो चपरासी है यहाँ का चपरासी ने आपको रखा हुआ है चपरासी के लिए ऐसा रहता था खाना मिलता था मंदिर में हाँ तो रख लिया। पैसा वो देता है कितना पैसा देता है ग्यारह सौ रुपए महीना यहीं रहते भी हो हाँ, यही चौबीस घंटा